वेलकम टू बैक से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयागराज में दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टफुल होने वाली है तो बिल्कुल स्किप मत करना बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ये ऐसा ब्लॉग बन रहा है कि इसमें सारे कलरफुल ब्लॉकिंग होगी और दोस्तों इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई और बहनों भाई और बहनों बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हंसी मजाक बहुत हो गया अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि स्टोर में क्या क्या वैरायटीज़ हैं और क्या क्या नहीं है दोस्तों इस ब्लॉग में बने रहिए और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टफुल रहेगा वीडियो तो चलिए दोस्तों आप डाइनिम के बारे में हम बताते हैं आपको ये देखिए सारे डाइनिम्स के कलर्स आए हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं कैमरा मैन जरा इधर भी दिखा दो देखो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे कलरफुल्स डाइनिम्स आए हुए हैं और नेक्स्ट अब आते हैं तो ये देखिए काफ़ी फॉर्मल शर्टें हैं राइस अगर आपको पसंद आती है कोई सी भी शर्ट तो आप मुझे डिसक्रिप्शन लिंक में फ़ोन नंबर डाला हुआ है वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं ये देखिए काफ़ी फॉर्मल शर्ट्स हैं जो स्कीम के साथ अवेलेबल है स्कीम जो चल रही है बाय वन गेट थ्री की स्कीम चल रही है दोस्तों तो इस शर्ट को आप बाई कर सकते हो ठीक है दोस्तों और आपको हम दिखाते हैं फॉर्मल ट्राउज़र कैमरा मैन इधर घुमाओ हमारे तरफ आप सर इनके एक बार प्राइस और बता दो क्या प्राइस है जो हमारी जो मतलब देख रही हैं ऑडियंस उनको अच्छी लगे गाइस शर्ट के अगर प्राइस की बात करेंगे तो हम ये आपकी वन एट नाइन नाइन में थ्री शर्ट हैं अवेलेबल है फॉर्मल शर्ट्स ठीक है गाइस तो ये काफ़ी इकनॉमिक रेंज में भी है और काफ़ी फिला -फिल कॉटन और सैमरे कॉटन गीजा कॉटन सारी कॉटन से सा आपको मिलेंगे डॉवी फैब्रिक के अंदर सारी शर्टें मिलेंगी गाइस तो आप शर्ट को बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दो में फोन नंबर दिया हुआ है वहां पे आप फोन करके आप इसे बाय कर सकते हैं चलिए गाइस हम आपको फॉर्मल ट्राउज दिखाते हैं फॉर्मल ट्राउजर की तरफ आइए गोग आप, आप, आप गाइस को यह बताओ की डोबी फैब्रिक होता क्या है डेक्रोफ बी होता है बीबींग के अंदर होता है काफी कम्फर्ट फील होता है प्रोडक्ट करता है आपको बॉडी को हार्म नहीं होने देता है गाइस तो ये फैब्रिक ऐसा है काफी कूल लगता है आपको स्वेट को एब्जॉर्ब करता है गाइस तो ये डॉबी फैब्रिक होता है देख लीजिए गाइस ये होता है डॉबी फैब्रिक देखिये गाइस ये होता है इसकी बीबिंग के अंदर कला हो जाती है गाइस देखो गाइस देखिए ये है? होता है डॉबी फैब्रिक ठीक है गाइस ये डॉबी फैब्रिक है चलिए ट्राउजर की तरफ दिखाते हैं नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों फिर आप कहो की बोरिंग से लग रहा है ब्लॉक में इतना ही ये देखिए फॉर्मल ट्राउजर है सारी गाइस इसमें कलर फुल सारी ट्राउजर्स मिलेंगी आपको जैसे लाइट ग्रीन चाहिए ग्रीन चाहिए येलो चाहिए सारे कलर के ट्राउजर्स मिलेंगे स्कीम के साथ अवेलेबल है थ्री ट्राउजर्स बाय गेट थ्री की स्कीम चल रही है टू जीरो नाइन नाइन भी हो सकता है टू वन नाइन नाइन भी हो सकता है टू टू नाइन नाइन भी हो सकता है मैक्सीम टू मैक्मम ठीक है स्कीम चलती है क्या बाई वन गेट थ्री की स्कीम है चलिए गाइस कॉटन पैंट की तरफ आते हैं जिसे चिन्होज और बियॉन्ड बोलते हैं काफी ये देखिए सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे स्कीम के अंदर ये भी आपको कैलकुलेट होगा ये भी स्कीम के अंदर है एक प्राइस पड़ेगा दोस्तों तो बने रहिए आगे और कुछ दिखाते हैं आपको इंटरेस्टफुलजल शर्ट आइए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए इसी तरीके से ग्वाइस और वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए ये देखिए सारे कलरफुल शर्टे हैं चेक्स में शर्टें हैं कैजुअल हैं किसी तरीके से आप वेयर कर सकते हैं और डैनिम और के साथ आप वेयर कर सकते हैं कैजुअल ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हो काफ़ी कलरफुल शर्टें मिलेंगी ये भी स्कीम के साथ मिलेगी आपको 2199 वन नाइन नाइन की शर्टें एक हैं जिसमें आपको बाई वन गेट थ्री की स्कीम मिलेगी दोस्तों तो आप बने रहिए इसी वीडियो में अगर परचेज करना है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ से आप जाके फ़ोन कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं चलिए दोस्तों कुछ और डिस्प्ले हम आपको दिखाते हैं ये देखिए काफ़ी कलरफुल टी शर्ट्स हैं जो फुल स्लीव की टी शर्ट्स हैं ये भी दोस्तों आपको मिलेंगी बाई वन get थ्री की स्कीम के अंदर और दोस्तों ब्लेजर्स भी आए हुए हैं ब्लेजर्स भी आपको मिलेंगे बाई वन get थ्री के अंदर स्कीम के अंदर दोस्तों इसी ब्लॉक में बने रहिए और चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए आगे आगे दोस्तों बस तब तक के लिए थैंक्स ब्लॉक ये पहला ब्लॉक है और ये कलर ब्लॉकिंग ब्लॉक है दोस्तों थैंक्स लॉट